अध्यक्ष महोदय मैं अनिल कुमार उपाध्याय भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का मामला आज किस तरह का द्विवार अधिवेशन किया जा रहा है क्या उद्देश्य भारतीय मजदूर संघ के जितनी भी हमारी संबद्ध यूनियनें हैं महासंघ हैं उनके अधिवेशन हुआ करते हैं अधिवेशन में हम आ, उस दो कार्य वर्ष के लिए जो पीछे हमने किया है उसके बारे में बताते हैं समीक्षा करते हैं और आगे के लिए हम योजनाएं बनाते हैं वही आज पूर्वोत्तर रेलवे संघ आज अपने पिछले वर्षों में जो किया है दो वर्षों में वो यहां पर अपनी समीक्षा होगी और आगे हम दो वर्षों में क्या करने वाले हैं क्या किस दिशा में हम ले जाएंगे संगठन को रेलवे के का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम किस दिशा में ले जाएंगे कर्मचारियों के हितों में हमें क्या करने वाले हैं भारतीय मजदूर संघ क्या क्या कर रहा है पूरे देश विदेश में उसको हम इस दो दो दिन की कार्यसमिति में हम इसको अपने हम आप सभा में बोलेंगे बताएंगे और आगे के लिए अपनी कहां-कहां से लोग आए हुए ये अधिवेशन हमारा एन e. का है पूर्वोत्तर रेलवे यहां बनारस से लेकर के इज्जत नगर मंडल तक छह जो मंडलों में जाता है उन छः मंडलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं गोरखपुर है बनारस है इज्जत नगर है लखनऊ ऐसे हमारे शिख्रमंडल है किन किन बिंदुओं पर इस अधिवेशन में चर्चाएँ विशेष इन बिंदु जो हमारे श्रमिकों के लिए रेलवे में जो हमने मांगे की थी जो चीज़ें कही थी वो उस पर हम चर्चा करेंगे हमारे जो रेलवे का निग्वीकरण और जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उसको उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसको रोका जाए भारतीय मजदूर संघ ने भी पीछे रुकवाया भी आपने देखा होगा वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं अश्विल वैष्णव जी उनसे भारतीय मजदूर संघ हमारा बीआरएमएस भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने वहाँ दबाव दे करके वहाँ स्टेटमेंट आया कि जो है हम कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाले हैं तक कि जो लैंड्स थी रेलवे की लैंड्स को भी जो प्रा पिछली गवर्नमेंट ने जो लालू यादव ने वगैरह ये किया था उसको भी हमने रोका उसको रोक करके हम भारतीय मजदूर संघ ने जब कहा तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जितनी भी माल बनाने के लिए आए सब हम दूसरे को दे रहे थे पब्लिक पार्टनरशिप में वो हटा करके हम अपने स्वयं कर रहे थे ये इस तरीके की योजनाएँ भारतीय मजदूर संघ पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक लेकर के चल रहा है और हमारे प्राइवेटाइजेशन में कहते जो हैं उनको हम आके समीक्षा करें एक तय किया कि जो संविदा के लोग हैं चाहे वो पत्रकार हो, आज पत्रकारों की स्थिति आप देखिए, पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा का इसी तरीके से संविधा में काम कर रहा है चाहे रेलवे तो में काम करते हैं अन्य क्षेत्र में काम करते तो हैं तो तो कोई नियमावली नहीं तो है इसी तरीके से आशा आंगनबाड़ी जितने भी हैं उनके लिए कोई नियमावली नहीं बनी है ये सब नियमावली बनाने करने के लिए भारतीय मसूर संघ ने अभी मार्च को पूरे प्रदेश में पचहत्तरों दिनों में कार्यक्रम किया और आपने देखा होगा आप सबके सहयोग से पूरे पचहत्तरों दिनों में हमारे वो कार्यक्रम हुए आगे हम छब्बीस अप्रैल को लखनऊ में बहुत बड़ी रैली लगभग एक लाख था तो रैली हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे संविदा पर आने वाले लोग पर आने वाले लोग उनके लिए नियमावली बनाई जाए अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए श्रमिक संघ जो है के जो भी कर्मचारी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे अवकाश प्राप्त करते हैं और आज भी वो अपने फंड और पेंशन के लिए जो है उस पर आप क्या बता सकते हैं ऐसा कोई केस अगर लाइए कि अपने पेंशन के लिए हो रहा है तो वो हमको ई पी एफ ओ किया होगी ई पी एफ ओ से बात करके करेंगे अगर कहीं आर्गने, पेंशन ऑर्गेनाइजेशन से होगा तो हम बात करेंगे भूल लाइए तो दूसरी चीज़ ये बताइए कि ये है कि रेलवे भी बिक रहा है। उस पर आता क्या करें रेलवे जो बिकने का आपने बताया भारतीय मजदूर संघ ने सरकार आने के बाद एक भी कॉरपोरेशन नहीं बनने दिया सोलह कारपोरेशन रेलवे में काम कर रहे वो सोलह के सोलह कारपोरेशन कांग्रेस नहीं बनाए भारतीय मजदूर संघ ने इस सरकार पे दबाव डाल करके भले सरकार चाह रही थी लेकिन तो भारतीय मजदूर संघ ने एक भी कॉरपोरेशन इसलिए पाँच साल की सरकार में इस ए, चार साल की सरकार में अभी तक नहीं रेलवे श्रमिक संघ ने भी अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय अधिवेशन से यह अधिवेशन रेल कर्मचारियों के भविष्य के पुनर्निर्माण का एक नया आयाम कथित करेगा आज रेल श्रम सर्म, श्रमिकों के लिए आज ओपीएस से हटा करके जो एनपीएस लादा गया उसमें तमाम विसंगतियाँ हैं जिसके चलते एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम उनको सामाजिक सुरक्षा देंगे लेकिन उनका सामाजिक भविष्य असुरक्षित हो रहा है पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ आज इस निर्णय लेगा कि हम उनके एनपीएस में क्या क्या सुधार हो सकते हैं और उन कर्मचारियों का जो एनपीएस में है उनका भविष्य कैसे संरक्षित होगा इस पर भी हम निर्णय करेंगे आगे के आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे उसके साथ ही रेलवे और अन्य क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ भी जो असुरक्षा की भावना है उनको भी सुरक्षा उनका मानदेय बहुत कम है उनको भी बढ़ाना उसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे आज भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अपने प्रभारी भी यहाँ उपस्थित हैं हम सब मिल के इस पर निर्णय करेंगे कोई आंदोलनात्मक रणनीति भी तय कर सकें